हेलो तो कैसे आप लोग उम्मीद करते आप लोग अच्छे होंगे और आज एक और नए ब्लॉग में आप लोग स्वागत है जैसा कि आती ने कहा था दोपहर में कि आज हम कहीं बाहर जाने वाले हैं तो हम बाहर आ गए हैं वो यहीं पर मार्चे पॉटका में और कहीं आ नहीं सकते क्योंकि पास यहीं पड़ता है हमारे यहाँ से नहीं यह लंका की वाटिका है और ये पारक है अभी आरती मस्ती करने वाली पार्क में आपको दिखाता हूँ उस पार्क में क्या क्या है आपको तो कई ब्लॉगों में दिखा चुके लेकिन आज फिर से दिखा देता हूँ तो चार दिन अभी हमारा ऐसे ब्लॉग आएगा उसको अच्छे अच्छा आने लगेगा क्योंकि हम भी जाने वाले हैं गाँव कहाँ जाएँ उसके बाद वहाँ पर बनाएंगे अच्छा ब्लॉग अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा आरती का यहाँ थोड़ा एक्सरसाइज करवा देता हूँ काफ़ी दिन बाद आज एक्सरसाइज करेगी क्योंकि हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था ना यहाँ लाने के लिए तो आज मिल गया टाइम थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज कर देता हूँ और अभी चलते हैं एक्सरसाइज मशीन की तरफ गुजर रहे मशीन चलते हैं आपको दिखाऊंगा दिखाता हूँ दोस्त तो आप लोग ब्लॉक लो को ना बड़ा जरूर देखना दिखाते आप वो वाला तो वो वाले तो वाला करिए, तो मना है, करना चाहिए। बस बताती कौन जबर मशीन पे आगे भी। अरे अंधेरा होगा कहा गया जितनी लेकिन अम... से दे रहा हूँ आप लोग मैनेज जरूर करना आज अगर रहा होगा गया हमारे ब्लॉक में और यहाँ पर लाइट भी नहीं है लाइट लेकिन इतना लाइट जल्दी भी है पार्क के अंदर लाइट नहीं है बाकी बाहर लाइट है टूट जाएगी इससे उस समय देखिए तो कुछ पसंद नहीं आ रहा है मेरा बेबी मना करता है आप एक्सरसाइज मत करो मम्मी मुझे तो थोड़ा थो भी मैं आपको घाट दिखा देता हूं। कितना आ रही है आज पानी हाँ वहाँ पर नहीं होगा लेकिन आपको दिखाता हूँ पानी है या नहीं क्यूँकी आप लोग, लोग में ये ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर सड़क रहे है <laughs> गंदा हो गया ना इनका जिनसे गंदी हो गई मैं तो कितना गंदा है वो साफ करती है दूसरों के लिए बैठेंगे कोई आएगा तो बैठेगा सफाई में काफी गंदा है यार यार तुम और यहाँ पर गंदा घर में गंदा है नीचे दिखा रही हूँ नीचे नहीं जाऊंगी सूखा नहीं दम पानी नहीं है कुछ तो आप लोग हर हार कहेंगे ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और अब मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अब चलती हूँ मैं अपने रूम पर बाय बाय दोस्तों बाय बाय दोस्तों और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड सॉरी यार फ्रेंडों के पास शेयर ज़रूर करिएगा